नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लेटेस्ट नोटिफिकेशन में आज दोस्तों मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं डीबीटी बैंक खाता केवाईसी बैंक खाते में आधार कार्ड लिंक का स्टेटस ये सारी चीज़ें कैसे चेक करें तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और अंत तक वीडियो को देखिए बहुत सारे लोगों का बैंक में केवाईसी है भी बहुत सारे लोगों का बैंक में केवाईसी नहीं भी है लेकिन इस चीज़ को चेक आप कैसे कर सकते हैं आपके पास कोई स्पेशल आईडी तो है नहीं ये सारी आईडी तो नगर निगम के पास होती है बहुत सारी बहनें आंगनबाड़ी में जाती हैं लंबी लाइनों में खड़ी होती हैं और फिर उन्हें पता चलता है कि आपका तो आधार कार्ड बैंक में लिंक ही नहीं है तो इस चीज़ को आप कैसे चेक कर सकते हैं समग्र आई में आधार कार्ड लिंक नहीं है बैंक में आधार कार्ड लिंक नहीं है या आपकी के है या नहीं है ये सारी चीज़ें आप कैसे चेक कर सकते हैं मैं आपको फटाफट से बता सबसे पहले आपको चले जाना है लाडली बहना के आधिकारिक पोर्टल परवमेंट लिख के आप जैसे ही सर्च करेंगे गूगल पर तो ये लिखने के बाद आपको आ, इंटर दबाना है और आपके सामने मुख्यमंत्री लाली बहना योजना का आधिकारिक पोर्टल घुल जाएगा इसके बाद में आपको उस पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का उनका आधिकारिक पोर्टल खुल जाएगा आपको इस पोर्टल को खुलने के बाद में यहां पर जाना है आधार डीबीटी की स्थिति पर जैसे ही दोस्तों आप यहां आधार डीबीटी की स्थिति पर क्लिक करेंगे आपके सामने एन की वेबसाइट खुल जाएगी तो आपको यहाँ पर अपना समग्र आई दर्ज करना है और दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं राइट हैंड साइड पर आपको समग्र में सदस्य आईडी दिख रही होगी सदस्य आईडी जो होती है वो नौ अंकों की होती है तो आपको ये नौ अंकों की सदस्य आईडी डी यहाँ पर फिल कर देनी है मैंने फिल कर दी है और आपको यहाँ पर अपना कैप्चा कोड भी फिल कर देना है आप जैसे ही इसे लिख के सर्च करेंगे आपके सामने ये चारों चीज़ें खुल आ जाएगी कि आपके समग्र में आपकी आधार की स्थिति क्या है तो जैसा आप देख सकते हैं इसमें हाँ, बिल्कुल समग्र आधार से लिंक है मोबाइल नंबर उपलब्ध है जी हाँ, बिल्कुल है बैंक खाते में आधार की स्थिति है बिल्कुल है डीबीटी सक्रिय स्थिति है बिल्कुल है और समग्र में फोटो उपलब्ध है बिल्कुल है तो जब आपके सामने ये पांचों के कॉलम में हाँ हाँ लिखा आ जाएगा इन सभी में जब आप हाँ हाँ हाँ देख सकते हैं तब जाके आपको अपना जो लाडली बहना का फॉर्म है वो भरने जाना है और आप जब फॉर्म भरेंगे आपका फॉर्म कम से कम दो मिनट के अंदर बड़ी ही आसानी से भर दिया जाएगा और आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी तो मेरी बहनों अगर आप भी अपना फॉर्म बिना किसी परेशानी के भरना चाहते हैं तो इस चीज़ को बिल्कुल करें और लाडली बहना योजना का अधिक से अधिक फ़ायदा उठाएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए थैंक यू